हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लैंकिंग एंड अनदर द वीडियो दोस्तों आज की ये वीडियो आप जिस मोटिव से इस वीडियो को ओपन किए हैं वो वो सोल्यूशन आपको बिल्कुल फटाफट मिलने वाला है आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तो मैं आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड को ब्लॉक करना इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से तो दोस्तों इस वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड ब्लॉक करते हैं। तो चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको धनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जैसे ही धनी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा आप यहां पे वन फ्रीडम कार्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा यहां पे देखिए आपको पे नाव का ऑप्शन दिख रहा है ड्यू नाव ठीक यहाँ पे वन नाइन्टी नाइन मतलब आप अगले महीने अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ आप इनको पे करिए तब आप इनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं तो मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आऊँगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कैंसिल प्लान का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आर यू श्योर वन फ्रीडम कार्ड सब्सक्रिप्शन ऑल योर बेनिफिट्स वन फ्रीडम कार्ड विल बी डीएक्टिवेटेड तो हाँ यस yes, के ऊपर हमको क्लिक करना है और हमारा एप्लीकेशन कैंसल्ड ये हमारा धनी वन फ्रीडम कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया बिल्कुल आसान तरीके से जैसे हमने आपको बताया है इसी स्टेप को फॉलो करना है आप दोबारा सेटिंग पे आके क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ से कैंसिल प्लान ख़त्म हो गया ठीक है अब एक्टिव प्लान है तो उसके बाद हमारा जो डैक्सबोर्ड है उस पर आएँगे हम और यहाँ पर देखेंगे तो इनएक्टिव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो उसके बाद दोस्तों अच्छा दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है रेफ़र और अन से आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका धनी फ्रीडम कार्ड अगर कैंसिल भी है तो भी आप रेफ़र और अन करके कमा सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे कमाना है तो हम रेफर अर्न पे आ जाते हैं देखिए हमने वन थाउजेंड इसमें अर्न किया है और आप भी कर सकते हैं वन थाउजेंड का 2000 3000 5000 400 मतलब आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा तो करना क्या है आपको आपको आना है जो है रे, फिर रेफर फ्री कैशबैक कार्ड के ऊपर और इसके ऊपर आने के बाद रेफर नाउ के ऊपर क्लिक करना है आपको और उसके बाद दोस्तों आपको जो है ये रेफर कर देना है आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्त हंड्रेड जिसको भी ये लिंक आप शेयर करेंगे उसको बताएंगे कि प्रोमो कोड में जो है वो आपको दोस्त हंड्रेड डालना है जिससे आपको हंड्रेड मिल जाएगा सामने वाले को आपको ऐसा बोलना है तो उसको हंड्रेड रुपीज़ मिल जाएगा और वो वन फ्रीडम कार्ड को अगर एक्टिव करता है तो आपको वन थाउजेंड रुपीज़ मिल जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है मैं रेफर और अर्न के सेक्शन पे आ जाता हूँ तो दोस्तों मैंने मेरी अर्निंग आपको दिखा दी किस तरीके से मैंने जो है वन थाउजेंड की अर्निंग करी है तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं और आप जितना करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है एक दो पाँच दस जितना करेंगे आप उतना मिलेगा आपको लेकिन उसका एक कंडीशन है एग्जांपल देता हूं आपने किसी को रेफ़र किया और वो बंदा आपके रेफर लिंक से अपना अकाउंट ओपन करता है और हंड्रेड ले लेता है और उसके बाद वो जो है फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करता है तो आप जो है दे ले कर तो ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको एक हजार रुपए आ जाएगा मतलब मोटा मोटा अगर आप दो सौ रुपए उसको दे दिए तो सीधा सीधा आपका आठ सौ रुपए का बेनिफिट होगा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो कि आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे इस डिस्क्रिप्सन में जो वीडियो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में एक लिंक है धनी वन फ्रीडम कार्ड का वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको जो है रजिस्टर्ड करेंगे जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको सौ रुपये तो मिल जाएंगे धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे आप अप्लाई कर देंगे आप ट्रांजेक्शन करेंगे और 1000 का कैशबैक जो होता है वो हमें मिलेगा तो उसमें से हम पाँच सौ उसी नंबर पे जो है वो धनी के एप्लीकेशन में उसको सेंड कर देंगे जिसने हमारे धनी लिंक से रेफर करके ज्वाइन किया है तो आपको मोटा मोटा दो सौ आपको उधर जाएगा लेकिन तीन सौ तरफ से आपको मतलब मिल जाएगा समझो मैं पाँच आपको भेज दूँगा मतलब आप अगर हमारे लिंक से जो है अपना धनी वन फ्रीडम कार्ड अप्लाई करते हो और उसका कैशबैक मुझे आता है तो उसी नंबर पे जिस नंबर से मुझे अमाउंट आया है उसी नंबर पे मैं धनी के बॉलेट में जितने लोग करेंगे मैं उतने लोगों को जो है ये, ये स्कीम उनके लिए परफेक्ट है मैं उनको सेंड करूंगा और आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि हमें जो है वो वहां पर दिखा देगा किसान ने कौन से से मोबाइल नंबर जो है वो है वो वो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड किया तो जैसे ही करेगा उसका पूरा कंप्लीट होगा मुझे अमाउंट आ जाएगा मैं ₹500 उसको उसी के धनी जो है में पांच में ₹500 उसी नंबर पे सेंड कर दूंगा तो दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना